कृपया ऑनलाइन आए अब अपने परिवार को भी बुलाएं हाय तो जजमान क्या आप शादी के लिए तैयार हैं जी पंडित जी और बेटी आप जी पंडित जी ठीक है तो आप अपना स्टेटस सिंगल से मैरिड कर लें और घरवाले आप इनके साथ सेल्फी लेके स्टोरी लगा दें शादी सम्पन्न हुआ अब इस क्यू कोड को स्कैन करके हमारा दक्षिणा दे दे